the sea a तू मेरी इश्क़ भी चाशनी हो मिट्टी मिट्टी चाशनी जागी जागी। रहना बाकी रहे आप रह न जाए कोई खाश बाकी जान जाना जाना साथ जसों तू है कसम आकर कसू आख shahira सीखा मैंने जीना मेरे धूमधम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना से तड़पाना ओसालसाल जो तेरे इश्क मतका पहल से ही shah ka satu ali ka dulala सा रे सपने बूंद बूंद नैनो को मुंद, मूंद कैसे मैं चलू देख राय कोई तारा एक तारा गो जसाए कोई तरह, नी में बोले कोई तारा एक तारा गो जसा कोई तरह। नैनो की चाल है, है नीचे पर जाए तो नैमत है तेरे लीना है जिसमें बस कर दे क्यूँ बस तू मुझको फरना कर दे मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशकाना तेरे वास्ते है मेरा खिश्क सूफिया मेरा खिश्क सूफिया मेरा इश्क सूफिया न तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफिया न मेरा इश्क सूफिया मेरा इश्क सूफिया होयाद मजबूर क्या की बात बाकी सुबह अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है ऐसा हुआ सुबह अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ बातें ये कभी ना तू तेरे खातिर है जीरा जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जीरा तू जा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 तेरे खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना उजाल हाँ। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना उजालमाजाल माते हाँ। मरहबा बातें मरहबा मैं मर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना तो जिमान मानू निधिया फिर जाए ना, मानो निंदिया फिर जाए ना। यस yeah. समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करू इंतजार तेरा तू दिल तो तोयो जान मेरी जान मेरी मैं तेन समझा चम लगदा जी साकी रहे साकी साकी आप वा रहना जाए कोई खाश बाकी हो साकी साकी रहे सागी सा रहना जाए कोई खाश बाकी मिले, हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या हमने जाना तेरी हम ले जाना किसान ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तो जाने जाना मुझसे दू नहीं जाना प्यार किया तूने भाना प्यार प्यारिया तूने भाना हाँ, बिन तेरे कोई यास भी ना रही इतना तरसे के प्यास भी न रही बिन तेरे कोई यास भी ना रही इतना तरसे के प्यास भी न रही खड़ा है जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल बिल्कुल चुराना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल बिल्कुल चुरा उससे प्यार हमें है कितना जाने जाना, जानासे मिलकर तुमको है बताना होता yeah, I got a feeling that I'm gonna lose you. I didn't even know. आशिक बनाया, आशिक बनाया 查 बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के भी चाशनी हो मिठ्ठी मिठ्ठी चाशनी